इस कार कंपनी को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है इस कार का नाम है लम्बोग्नी गा की गाड़िया, गाड़िया वर्ल्ड फेमस है और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हो की लंबोग की कि किसी को मर्सडीज बी एमडब्ल्यू फरार और बुगाटी जैसी गाड़ियों के बारे में नहीं पता होगा लेकिन लम्बॉग्नि के बारे में जरूर पता होगा तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्यों जो कि के फाउंडर थे, उन्हें जेल में रहना पड़ा था और इसी तरीके से देंगी तो हेलो फ्रेंड वेलकम टू तो दॉलेज टीवी मैं का हो और आप लोगों का दोस्त और आज हम लोग जानने वाले हैं लम्बाग्नी कंपनी के बारे में कुछ ऐसी ही ऐसी चीजें जो कि आपको हैरान कर देंगी तो फ्रेंड्स हमारी स्टोरी शुरू होगी ट्वेंटी एट अप्रैल 1916 जब लंबाग्नी का जन्म एक छोटे से इटली के शहर में हुआ उनके फादर का नाम एंटोनियो लम्बोनी था जो कि फार्मिंग करते थे और उसी से पैसे कमाते थे जानना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता था और उन्हें अलग ही फील आती थी इन सब जैसे मैं बताऊँ तुम तो मुझे भी कार्ड बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है हाँ तो लम्बोग को फिर उसके बाद में लम्बाग्नी ने इन्ही सब के अंदर फिर उन्होंने आगे अपनी इसी में पढ़ाई करी जिसमें उन्होंने टेक्निकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग करी थी और ये सब के बाद वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने एक उन्होंने इटालियन एयरफोर्स में एक मैकेनिकल स्वीपर की तरह काम किया था और ये सब खत्म होने के बाद वो वापस वो जब वापस मतलब उन्होंने जब वो वापस अपने शहर आए थे तो उन्होंने एक छोटा सा गैराज खोला जाकर वो लोगो की कार उसको रिपेयर कर थे और उन्हें मॉडिफाई भी करते थे जिन, जिनको अपना मॉडिफाई कर, करवाना होता था और इस तरीके से उनका बिजनेस अच्छे अच्छा चलने लगा था और, और इन्हीं एक कार खरीदी थी, थी अपनी पर्सनल फेवरेट उन्होंने तो उन्होंने क्या सोचा और वो अपने फ्री टाइम में अपनी उसी कार को मॉडिफाई करते रहते थे और इन सबसे उनकी दिमाग में एक आइडिया आया की क्यूँ न वो ए, एक ऐसा पावरफुल इंजन बनाए जो कि जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का हो तो उन्होंने आर्मी से कुछ इसी तरीके के इंजन खरीदे और उनसे बनाए ट्रैक्टर अपने देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए क्योंकि इटली एक्सिस पावर के साथ था तो इटली को बहुत बड़ा बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था उस टाइम पे क्यूँकी एलाइड पावर ने इटली के ऊपर बहुत बहुत बुरा वाला हमला किया था और जर्मनी ने भी इटली पे कब्जा एक बार कब्जा कर चुका था और इन्हीं सब के बीच वर्ल्ड वॉर टू में एक बार लम्बोगनी जेल में भी रहे थे जर्मन आर्मी ने उन्हें जेल में रखा था 1944 के टाइम पे एक साल तक क्योंकि जब तब जर्मन आर्मी जर्मनी ने फली पे आधे इटली पे कब्जा कर लिया था लेकिन और और, और उनको सजा दी जाती थी जो कैदी थे लेकिन लम्बाग्नी का काम अच्छा था इसलिए उन्होंने लम्बोगनी को एक साल में ही छोड़ दिया तो हम लोग हमारे टॉपिक पे और इन सब कुछ के, के बाद उन्होंने अपनी एक ट्रैक्टर कंपनी बनाई लम बॉग्नी ट्रैक्टर से मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ और 1948 में उन्होंने इस कंपनी को एस्टेब्लिश किया और धीरे धीरे उनकी कंपनी ये बहुत ज्यादा फेमस हो गई इटली में लो, ए, लोग इस कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर नहीं पसंद कर, करने लगी थी लोगों की फर्स्ट चाइज लंबा ट्रैक्टर होने लगी थी और धीरे धीरे करके उनकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में जाने लगी और इन सबसे उनका उनका फरारी फरारी जैसी महंगी महंगी गाड़ियों को खरीदने का सपना पूरा हो गया क्योंकि उनके पास उतने पैसे आ चुके थे की वो उन्हें खरीद सके और अपना शौक पूरा कर सके और इन उनके पास बहुत सारी फरारी की गाड़िया थी तो उनमें से लेकिन इन ना एक बड़ा इंसिडेंस हो गया जिसने वर्ल्ड फेमस सुपरकार कंपनी को जन्म दिया इस में क्या हुआ था कि की एक फरारी कार थी उसमें क्लच का एक प्रॉब्लम थी जो की वो थोड़ा सा ना उन्हें ठीक करना मतलब वो ठीक तो कर सकते थे लेकिन वो अपने लम्बाग्नी लेकिन वो एनजो फरारी जो की लम्बाग्नी सॉरी फरारी के ऑनर थे और फाउंडर थे उनके पास जाके इस बारे में बात करना चाहते थे जिससे उनकी आ, का, कार कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो उल्टा इनकी मदद करना चाहते थे लेकिन जब वो फरारी के पास गए और उन्होंने फरारी से बात करी तो फरारी ने बोल दिया कि तुम कौन हो तुमको ट्रैक्टर बनाते हो तुम्हे तुम्हें सुपर कार के बारे में कुछ पता ही नहीं है तुम तो तुम रहने दो तुम मेरे दिमाग मत खराब करो और और और, और, और ऐस, ऐस, ऐसा करके उन्होंने लम्बाग्नी की बेजती कर दी और लम्बाग्न को इन बहुत ज्यादा बुरा लगा और, और लम्बाग्नी ने फरारी से बदला लेने के लिए सोच लिया कि वो खुद के से ऐसी कार कंपनी बनाएंगे और फरारी को दिखाएंगे कि उनको कार के बारे में कितना ज्यादा पता है और इन्हीं सबसे नाइनटीन सिक्सटी में लम्बाग्नी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट होती है और उन्होंने इस कंपनी को नाम दिया ऑटोमोबाइल फ्रेंड्स इन्हीं सब में ने गाटा नाम दोबिल इतल, इटालियन शहर में एक ऑटो फैक्ट्री खोली जहां पर उन्होंने तीन फरारी के पुराने एम्प्लॉज को हायर किया और फिर उसके बाद में उन्होंने ए, ए, ए, उन्होंने कारम्बॉग्नी लं, लं, की फर्स्ट कार बनाई लम्बॉग्नी थ्री फिफ्टी जी ये कार उतनी ज्यादा फेमस नहीं हुई क्योंकि तो बस अभी अभी बनी थी फ्रेंड्स ये गाड़ी लॉन्च हुई थी 1964 में पर थोड़ी सी पॉपुलैरिटी क्या लम्बोनी को इन सबसे कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली पर लंबोग दुनिया की नजर लम्बोग्नी पर तब गई जब नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में लंबाग्नी ने अपनी एक कार बहुत ज्यादा पॉपुलर कारफॉर्मेंस और का नई का, हाँ टेक्नोलॉजी ने लोगों का दिल जीत लिया था और फिर क्या था लम्बोग ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा लम्बोग्नी को बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी मिली और ये गाड़ी सॉरी ये कंपनी बहुत ज्यादा ही फेमस कंपनी बन गई लेकिन फ्रेंड्स हमेशा कहते है की कोई भी चीज एक बार वह सक्सेसफुल नहीं हो पाती वही लम्बोनी के साथ भी 1970 के टाइम में में में कंपनी घाटे जाने जाने लगी लगी यानी कि लॉस क्योंकि उस टाइम पेट्रोल और डीजल का जो रेट था बढ़ चुका था क्योंकि उनकी कमी हो चुकी थी और इन सब से लम्बोग कंपनी को बहुत ही कम प्रॉफिट हो रहा था और लॉस थोड़ा ज्यादा हो रहा था प्रॉफिट से और इसी लॉस को झेलते हुए फिर श्री लम्बोग ने 1980 में इस कंपनी को बेच दिया क्रिस्टल क्राइस्टल कॉरपोरेशन को और उसने 1994 में इसको मेगाटेक इंडस्ट्री को बेच दिया जो कि एक इंडोनेशियन कंपनी थी क्राइस्ट क्राइस्टल क्राइस्टल कॉरपोरेशन इस लंबोग्नी कंपनी को नहीं चला पाई थी और उसने लंबोक् कंपनी को और ज्यादा लॉस में डाल दिया था और फिर उसके बाद में ये जो मेगा टेक इंडस्ट्री थी इंडोनेशियन कंपनी थी लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं चला पाई इसने ये तो बिल्कुल ही नहीं चला पाई एक साल में ही इसने लम्बागनी को बेच दिया वी पावर ग्रुप को और उसने 1998 नाइनटी एट तक इसको खरीद अपने पास रखा लेकिन ये भी नहीं चला पाई फिर आती है एक ऐसे मतलब कंपनी की जो जिस को दोबारा से दोबारा से उसकी सक्सेस में वही ले आया और वहीं पर उसकी पॉपुलैरिटी या फिर शायद ज्यादा आ गई और ये और कोई ग्रुप और कोई नहीं बल्कि दैन ने मल्टीनेशनल जर्मन कंपनी वॉक्स वैगन ने खरीद लिया और के बाद में इस कंपनी ने बहुत ही सारे अलग अलग नए नए मॉडल्स लम्बॉग्नी के लॉन्च करे और उनमें से सबसे सब ज्यादा पॉपुलर और न्यूएस्ट मॉडल है लम्बोग्नी लम्बोग एवेंटाडोर लंबोग्नी एसवीजे लम्बोग्नी लम्बोग्नि उर्स लम्बोग्नी सेंटनरियो और भी कुछ कुछ थोड़ी सी थोड़ी सी महंगी में, कार्स क्योंकि इसके बाद जो कार्स हैं वो थोड़ी सी ज्यादा महंगी है और यहाँ तक कि जो कार है उसके बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स हैं जैसे कि लंबाग्नी इवो लम्बोग स्पाइडर लम्बाग्नी परफॉर्मेंट इस सॉरी हुन परफॉर्मेंट इस तरीके से के भी बहुत सारे मॉडल्स है इनके साथ साथ तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ बताता हूँ लंबाग्नी के क्या सारी कार्ज के सारी कार्स में कुछ ना किसी ना किसी उस मतलब उसके नाम पे रखा किसी ना किसी फाइटिंग बोल के नाम पे रखा गया है जो कि एक स्पेनिश बोल थे जो कि फाइटिंग मतलब फाइटिंग होती थी उनके बीच या फिर उनकी वैसल पे रखा गया है लेकिन एक कार है की जो जिसका नाम नहीं रखा गया और वो है लम्बाग्नी काउंटे और, और इस गाड़ी ये गाड़ी जो थी 1974 से लेकर 1990 तक बहुत ज्यादा पॉपुलर कार थी और फ्रेंड्स फिर उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ इस कार का नाम कैसे पड़ा तो क्या हुआ था जब इस कार कंपनी के किसी इंजीनियर ने इस कार को जैसे ही देखा तो उसने जोर से चलाते हुए कहा क्योंकि इटालियन वर्ड है इटालियन लैंग्वेज नहीं कहा था और इसका मतलब होता है अमेजिंग और awesome, और इसी के नाम पे इसका नाम काउंटेच पड़ गया और ये Lamborghini की एक पहली और आखिरी कार है जिसके जिसका नाम किसी बुल पे नहीं रखा गया है और फिर एक और चीज Lamborghini कंपनी कभी भी V4 या V6 इंजन नहीं लगाती है लंबाग्नी हमेशा V8 एट या वी ट्वेल्व इंजन लगाती है वी सिक्स वी फोर इंजन का मतलब होता है उसमें ना वी फोर सिलेंडर्स होते हैं और जो की कार को ज्यादा पावर नहीं देते हैं और वी एट फोर सॉरी सिक्स इंजन में भी सिक्स सिलेंडर होते हैं जो की ज्यादा पावर नहीं देते हैं और लंबाग्नी का मैं ज्यादा टाइम वी एट इंजन लगाती है अपनी कार या फिर कोई और कुछ जो मतलब जो कार्स थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं उनके अंदर वी ट्वेल्व इंजन लगाती है जिसमें ट्वेल्व सिलेंडर्स होते हैं फ्रेंड्स लम्बाग्नि कंपनी ने बहुत सारे मतलब मूवी के अंदर अपने कार्स को दिखाया होगा तो उनमें से कुछ फेमस कार्स है जिनके अंदर लम्बाग्नी ने अपने कार्स को दिखाया जैसे की जैसे कि द बिग मूवी के अंदर ये आपने शायद से नहीं सुना होगा तो द तो बिग मूवी के अंदर लम्बोग्नी ने लम्बोग्नी डेबलियो इस कार को दिखाया था और ट्रांसफॉर्मर जो की बहुत ज्यादा फेमस मूवी है जो तो आपको पता ही होगी और उसके अंदर लम्बोग्नी ने अपनी मोस्ट फेमस कार लम्बोग्नी एवेंटाडोर को दिखाया था और बैट द बैटमैन बिगिन के अंदर उसने अपनी एक और थोड़ी सी ओल्ड कार को दिखाया था जो जिसका नाम है लम्बोग्नी डेब सॉरी मैसे क्या कह लो इस कार को दिखाया था और इस सारी की से लम्बाग्नि ने और भी कुछ कुछ मूवीज के अंदर अपने कार्स को दिखाया है तो आप सोच सकते हैं लम्बोअनी कितनी ज्यादा पॉपुलर है फ्रेंड अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ऐसी गाड़ियों के बारे में लम्बाग्नी की जो कि बहुत ज्यादा फेमस है और थोड़ी कम थोड़ी चीप है जिसके से ज्यादा लोग इन्ही गाड़ियों को खरीदते हैं तो मैं आपको इन गाड़ियों के नाम बताता हूँ वैसे सबसे सब ज्यादा फेमस यही है और इन्हीं तीनों के मॉडल पे वैसे उरोस जो है उसका मॉडल नहीं है एवंटेडोर और एवं एवं एस बीजे हाँ तो एवंटेडोर और हेराकिन का ही मॉडल है और हराके तो बहुत सारे है तो, तो इन इन तीनों के मेन में, में, में बात करेंगे तो सबसे पहले आती है लम्बोरगिनी हराकिन जो जिसके अंदर होता है V10 का 11.5 लीटर का इंजन V10 11.5 इंजन होता है जो कि NM का टॉर्क जनरेट करता है और उसी के साथ साथ ये 471 का हॉर्स पावर देता है और 11 किलोमीटर का माइलेज देता है माइलेज का मतलब एक लीटर में एक गाड़ी कितना चलेंगी तो बहुत ज्यादा माइलेज है के इनका। और फिर टॉप स्पीड की बात करें तो एक सुपर कार होने की वजह से टॉप स्पीड तो बहुत ज्यादा ही होगी तो इसकी स्पीड है थ्री हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव किलोमीटर पर आ रहा मेरे हिसाब से हराके कार है एक छोटा सा बच्चा टाइप है बच्चा, बच्चा सुपर कार है क्योंकि मुझे उतनी पावर नहीं लगती है रॉकेन की फिर उसके बाद में आते है फिर आज के हम लोग बात करेंगे इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है लगभग सॉरी सॉरी टू लाख सेवेंटी थाउजेंड यूएस डॉलर्स जिसको जिसको हम लोग हम इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा टू करोड़ एंड फोर लाख जो कि का बात करते हैं की टू हंड्रेड के अंदर होता है V12 का V12 का लीटर इंजन जो कि जनरेट करता है फाइव हंड्रेड एंड सिक्स की हॉर्स पावर और सेवन पॉइंट सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एनएम का टॉर्क ये इंजन सेवन पॉइंट सिक्स नाइन किलोमीटर का माइलेज देता है और इसकी और इस कार की टॉप स्पीड है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर पर आवर वैसे थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन है लेकिन एक किलोमीटर बढ़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता अब थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है और इसका प्राइस शुरू उसका प्राइस है एट सॉरी एट लाख ट्वेंटी होता है इसका प्राइस जिसको अगर हम लोगों ने इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा करोड़ 6 करोड़ यानी कि लाख अब बात करते हैं लम्बॉग्स उरु की, की जो की बहुत ज्यादा ऑफरोडिंग व्हीकल है और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली कार में से एक है मेरे हिसाब से सेकेंड नंबर पे आनी चाहिए हाँ तो उर्स और उसका जो मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस बता देता हूँ क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली कार में से एक है तो इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस है 200 हंड्रेड एंड सॉरी इतना नहीं 25 सेंटीमीटर यानी कि 250 मिलीमीटर mm. तो अब बात करते हैं इसके मेन चीज की यानी कि इसके अंदर है V8 का V8 एट का फोर फोर लीटर का इंजन आ, वैसे हाँ आप सोच रहे होंगे कमजोर होगा लेकिन नहीं इसकी जो हॉर्स पावर है और टॉर्क टॉर्क है है है वो इससे भी ज़्यादा तो ये इंजन जनरेट करता है, 850 का एनएम और सेवन सॉरी और ये जो वो इंजन है ये जनरेट करता है 778 हंड्रेड हॉर्स पावर का हॉर्स पावर जनरेट करता है तो हॉर्स पावर तो से कम है लेकिन आप टॉर्क को देखिए जो उर्स की टॉर्क है वो बाकी की, बाकी के गाड़ियों से बहुत ज्यादा है क्योंकि तो वो एक ऑफ़रोडिंग रोडिंग व्हीकल है तो टॉर्क तो ज्यादा होनी चाहिए फिर उसके बाद माइलेज है वो है सेवन किलोमीटर का माइलेज उर्स देती है और इसकी टॉप स्पीड है ये एक एस होने के बाद जो की बहुत ज्यादा हैवी भी व्हीकल है ये लेकिन फिर भी इसका जो टॉप स्पीड है वो है थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर है तो इसने बाकी दूसरी सुपर को भी पीछे दिया। और इसका जो प्राइस है वो मैंने आपको मैं आपको बताता हूँ वो है फोर लैक फिफ्टीन थाउज डॉलर जो की जिसका मतलब होता है थ्री करोड़ एंड फिफ्टीन लाख रुपीज इन इंडियन रुपीजे तो, तो गाड़ियों की बारे में तो फ्रेंड आज हम लोगों ने जाने लम्बाग्नि के बारे में कि कैसे ये कार कंपनी ट्रैक्टर बनाती थी और अब एक बहुत ही बड़ी कार मैन्युफेक्चरिंग कंपनी और मेरे हिसाब से ये जो कार है ये जो कार कंपनी है ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बेस्ट कार कंपनी है और फ्रेंड्स मेरे और मेरी फेवरेट लंबाग्नी है वो है लंबाग्नी एवेंटेड और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपकी फेवरेट लम्बाग्नी कौन सी है और और अगले वीडियो में और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक तब तक के लिए, लिए गुड बाय